नमस्कार स्वागत इस्तकबाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के इस बेहद ही खास चैनल एस्ट्रोविद आशीष पर दोस्तों महाराष्ट्र में चुनावी विसात बिछ चुकी है 288 सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होना है और 24 अक्टूबर को रिजल्ट आना है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तलवारें ख चुकी हैं और सेनाएँ आपस में लड़ने जूझने के लिए तैयार हैं एक तरफ तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं जो धारा 370 और पैंतीस एक एक कंधे पर बैठकर राष्ट्रवाद का झंडा लहराते हुए वोट याचना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी है जो महाराष्ट्र को मंदी की मार समझाने में लगी हुई है और इसी को लेके भाजपा पे वार कर रही है दोस्तों भाजपा और शिवसेना इसके विषय में मुझे सर विंस चर्चिल का एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है कि हेर इज़ नो प्रॉपर एनिमी और फ्रेंड इन पॉलिटिक्स अब यदि शिवसेना और भाजपा को देखें तो ये चुनाव के इतर आपस में इनकी नोकझोक होती रहती है लेकिन चुनाव के समय दोनों आपस में गठबंधन करके मैदान में उतरते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी हैं जिनके बीच भी बहुत उठा चली है लेकिन वो साथ में चुनाव मैदान पर हैं लेकिन इसमें एक और तीसरा फैक्टर भी है ये तीसरा फैक्टर है असदुद्दीन ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर का महाराष्ट्र में यदि देखें तो दलित और मुस्लिमों की आबादी कुल मिलाकर करीब 25 से 26 27 परसेंट के करीब है और ये दोनों इस वोट बैंक को लुभाने में लगे हुए हैं तो ये पूरा महाराष्ट्र चुनाव इस बार इतना इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है कि जिसके विषय में शब्दों से केवल नहीं कहा जा सकता इसीलिए हम अपना आपका चहता प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं आज बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव पर और समझेंगे ज्योतिर्विद आशीष पांडे जी से आशीष पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी दर्शकों अच्छा को, को। हमारी राम राम और बहुत ही ये राम नाम का जो शब्द है तो बहुत ही जल्द उम्मीद है कि राम मंदिर का भी देखिए निर्माण होने वाला है तो समझेंगे आज महाराष्ट्र चुनाव के बारे में जानेंगे किसके सितारे होंगे गर्दिश में और कौन छुएगा फलक को जी। और इस विषय में चर्चा जो हमारी वो होगी वो ग्रहों के हिसाब से सितारों की चाल देख होगी और पंडित जी बताएंगे कि इस बार किसकी बॉल जाने वाली है बाउंड्री के पार और इस बार कौन होने वाला है क्लीन बोल्ड महाराष्ट्र चुनाव में तो पंडित जी शुरू करें अपना प्रोग्रामी गणेश करते हैं उससे पहले एक पंडित जी मैं आपको माफ़ी के साथ रोकते हुए बात करना चाहूँगा कि हमारे पिछले कुछ वीडियोज़ में कमें कमेंट ई को लेकर आए थे कि पंडित जी ई के बारे में आपका क्या कहना है तो दोस्तों उस विषय में दर्शकों मैं आपको एक बात बता दूँ कि भारतीय चुनाव आयोग एक पूर्तिया निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है उसको जो ताकत मिलती है वो हमारे संविधान से मिलती है ना कि, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी राजनीतिक दल से तो कृपया उस विषय में आप निश्चिंत रहिए इसके अलावा गीता में एक बात कही गई है कि जो लोग व्यर्थ की शंका करते हैं उनको ना भूलोक पे सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है इसलिए हमें उनसे कुछ नहीं कहना है लेकिन जो हमारे समझदार और सजग दर्शक हैं उन्हें हमारी ईवीएम और हमारी चुनाव प्रणाली पर पूरा भरोसा है तो पंडित जी इसी बात के साथ शुरू करते हैं। देखिए शिवम जी कुछ लोगों का जो जन्म होता है वो दूसरों को कष्ट देने हाँ। के लिए ही होता है जी जी। और जैसा कि आपने गीता के बारे में बताया कि गीता में लिखा हुआ है कि वो उनको ना इस लोक में सुख मिलता है ना जो है बैकुंठ में सुख मिलता है वो लोग बीच में ही लटके रहते हैं तो वो लोग ऐसे ही लटके रहे और आगे बढ़े दर्शकों आप लोगों से एक निवेदन है कि देखिए बहुत अच्छे कुल मर्यादा से आप लोग आते हैं तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत लिखिए कि दूसरों को दिक्कत हो तो स्वस्थ शब्दों का प्रयोग करिए स्वस्थ शब्दों में आप लोग चर्चा करिए आलोचना होनी चाहिए हाँ, लेकिन आलोचना के शब्दों का जो एक विमर्श है उसको तू तू मैमे पे नहीं लाना चाहिए अच्छे दो में आप तंकीत करिए, करिए, आलोचना उसका भरपूर दिल दिल से, खुले दोनकी कि कि सोनिया सोनिया करिएश्लेषण किया अमित शाह जी की कुंडली का विश्लेषण किया जेपी नड्डा जी की कुंडली का विश्लेषण किया उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विश्लेषण किया शिवसेना की कुंडली का विश्लेषण किया और एन सी पी के शरद पवार जी उनकी कुंडली का विश्लेषण किया और एनसीपी पार्टी की भी कुंडली का विश्लेषण किया बीजेपी की कुंडली का हमने एनालिसिस किया सभी एनालिसिस किया तो वीडियो ये बहुत लंबा बन जाएगा सीओम जी अगर एक एक एनालिसिस हम समझाते रहें तो आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में क्योंकि तमाम दर्शक लोग कहते हैं कि इतना लंबा वीडियो आप मत बनाइए थोड़ा सा शॉर्ट में रखा करिए तो देखिए अमित शाह जी की कुंडली के बारे में तो हमने विश्लेषण कर दिया था वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है और बता उस कुंडली में हमने उनके बारे में सच बताया था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुंडली इस समय अमित शाह की चल रही है जो कि वर्तमान में इस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट है के, जे और जी। जेपी नड्डा जी एंट्री में अभी जो है मतलब गृह मंत्री है हालांकि वो पार्टी में एक बड़ी पोजिशन और बाकी सोनिया गांधी जी की जो कुंडली है देखिए इनका 9 दिसंबर उन्नीस का इनका जन्म था और रात को साढ़े नौ बजे का जन्म हैटली में हुआ था इनका जन्म तो इनकी देखिए कर्क लगने की कुंडली है और इनकी जो राशि बनती है ये राशि बनती है इनकी मिथुन राशि तो लग्न के मालिक जो बनते हैं चंद्रमा चंद्रमा द्वाद सपने से चले गए तो देखिये जो त्रिक भाव होता है त्रिक भाव क्या होता है छ आठ बारह इसको त्रिक भाव बोलते हैं तो लग्नेश का त्रिक भाव में जाना शुभ नहीं मानते हैं हालांकि सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जिनको त्रिक भाव का दोष नहीं लगता है दूसरा इनकी नौमांश कुंडली भी काफ़ी सशक्त है इनका जो डीटेन चार्ट है डीटेन चार्ट भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है सत्ता के करीब जो ये रही है सत्ता के करीब इनको जो सुख मिला है तो कहीं ना कहीं मंगल का इसमें बहुत भयंकर रोल रहा है इस समय यदि हम इनके वर्तमान महादशा की बात करें तो इनकी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र में अभी जो अंतर चल रहा शुक्र का चल रहा है शुक्र जो इनके स्वामी बनते हैं देखिए इनकी कुंडली में एक बहुत बड़ा पंच महापुरुषों में राजयोग बना है मालव्य महापुरुष नामक योग ये राजयोगों में बहुत बड़ा योग होता है जो 10 साल तक की सत्ता के क्यूँकी इनकी पार्टी जो है लार्जेस्ट सबसे ज्यादा भारत पर जो है राज करने वाली पार्टी शासन करने वाली पार्टी रही है तो लगभग 15-20 साल तक तो हमारी जानकारी में ही था कि सोनिया गांधी जी डायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्य रूप से बिल्कुल इनका हाँ, रहा है तो ये मालव्य महापुरुष नामक जो योग था इनको इन्होंने दिलाया और एक चीज बता दे शिवम जी एकादश स्थान कुंडली में जो एकादश स्थान होता है देखिए जहाँ पर राहु बैठा हुआ है राहु जो बैठे हुए हैं ये कहाँ पर बैठे हुए हैं तो इनकम के घर में बैठे हुए हैं जो एकादश स्थान शिवम जी होता है आप यकीन नहीं मानेंगे इतना अंधा धन इतना पैसा दिलाता है राहु कि आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते कल्पना नहीं कर सकते हैं और यहां पर राहु के हो जाते हैं पद्धति में वृषभ राशि में राहु को उगे के, हाँ, के... के गेट से कम आता है पीछे ये बिल्कुल हम डायरेक्ट बोलते हैं क्योंकि राहु ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देता है राहु आपकी परछाई है परछाई है तो ये धन भी किधर से आएगा किधर जाएगा ये पता नहीं चलेगा तो शिवम जी देखिए सोनिया गांधी जी की जो कुंडली है पिंगला की योगनी दशा चल रही है और जो पिंगला की योगिनी दशा होती है ये दो साल की लगती है और हमारे शास्त्रों में, में कहा जाता है मान शो द्वेग संताप क्लेश भ्रमणता मद अर्थात शिवम जी इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी पिंगला की दशा आरंभ होगी तब रोग शोक संताप क्लेश, मान सम्मान में हानि उद्वेग संताप ये सब चीजें व्यक्ति के साथ उसको लागू से, घेर लेंगे। उसको से घेर लेंगे तो शोनिया गांधी जी की कुंडली देख करके यही लगता है कि इस समय कांग्रेस का महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता में आना बहुत मुश्किल, मुश्किल हमको दिखाई पड़ रहा है तो शिवम जी अब चलते हैं शिवसेना की कुंडली की ओर आखिर में की कुंडली क्या कहती है बीजेपी की कुंडली में में बाद में जाएंगे जी जी क्योंकि किंग ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है वृश्चिक लग्न के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है सौरवान धनवान सुधी कुल मध्य प्रधानम प्रा सर्वस्व पोषिका सर्वस्व पोषिका सभी का पोषक करने वाला होता है विदेश दरार होता है उसके अंदर जो है ऊर्जा की कमी नहीं होती है और शिवसेना का चरित्र तो के में बात करते हुए कोई लाग लपेट अपने मन में नहीं रख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रखती है वृश्चिक लग्न की कुंडली है मिथुन राशि है देखिए मिथुन राशि जो होती है ये वायु तत्व की राशि होती है वृश्चिक लग्न जो होता है ये स्थिर लग्न माना जाता है एक बात और बताएंगे लग्न में ही इनके केतु विराजमान हैं और केतु यहाँ पर उच्च के हो गए और दूसरा सप्तम स्थान पर देखिए राहु विराजमान है लग्नेश जो मंगल बनते हैं मंगल यहाँ पर रोहिड़ी नक्षत्र देखिए एक चीज़ और बता दें कि ये जो कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे हैं इसमें शिवम की बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं हर चीज़ हम यहाँ चैनल पर नहीं बता सकते तमाम ज्ञानी लोग नीचे कमेंट करके बताते हैं आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया देखिए सबसे पहले तो कुंडली में लग्नेश का बलि होना बहुत जरूरी होता है यदि लग्नेश नहीं बली है तो कुंडली बिल्कुल समझ लीजिए किसी काम की नहीं है लग्न लग्नेश और दूसरा भाग्य का भी बली होना बहुत ज्यादा जरूरी है शिवसेना इतनी दूर सत्ता से जो है सब कुछ रहते हुए कई बार चाहती तो शिवसेना जो है मुख्यमंत्री पद इनको मिल, मिल सकता था, था। और शिवसेना की मदद से ही तमाम पार्टियां जो है सीएम हो गए या केंद्र की राजनीति और बहुत से नेता अगर आप देखिए इस वक्त जो एनसीपी और कांग्रेस में है वो शिवसेना के कंधे पे चढ़ के संजय निरुपम कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता है लेकिन वो पूर्व में शिवसेना के आ, क्या कहते हैं नेता भी रह चुके हैं और उसका जो मुख है सामना उसमें लिखते भी रहे हैं तो बहुत से नेताओं को आगे बढ़ाया अब इनकी कुंडली में एक चीज देखिए कि इनकी कभी किसी से जल्दी बनती नहीं है ये बीजेपी को भी ललकारते रहते बिल्कुल नहीं आ, सामना में तो ये लगातार इनका रिश्ता कहा जाता है शिवसेना और भाजपा के विषय में पंडित जी कि एक पति और पत्नी का है शिवसेना रोज सुबह कहा जाता है रूट के चली जाती है और शाम को जब चुनाव होता है तो गठबंधन करने के वक्त चली आती है तो झगड़ा इनमें बहुत देखिए जो साझेदारी का जो है भाव होता है ये सातवा भाव होता है जन्मकुंडली में और सप्तम स्थान पर राहु और मंगल की यहाँ पर जुटी और राहु उच्च के हो गए हैं ऐसे ही रुटती रहेगी इस चुनाव में भी शिवसेना रूठेगी आफ्टर मतलब जो है जीतने के बाद शिवसेना की महादशा चल रही है जन्म कुंडली की अः इनकी महादशा जो चल रही है ये चल रही है बुद्ध की महादशा चल रही है और बुद्ध में जो अंतर है इनकी कुंडली में ये रहेगा मंगल का अगेन का अंतर आएगा तो तो तो कुल मिलाकर के देखिए इंडिकेशन यही सारा कर रहा है कि एक बार अच्छा प्रदर्शन करेगी तो शिवम की कुंडली में जो योग दशा चल रही है ये उल्का की चल रही है उल्का योगनी दशा जो होती है छह वर्ष की होती है जातक की कुंडली में किसी भी जातक की कुंडली में छह साल की ही होती है तो उल्का की जब योग दशा आती है तो होता क्या है तो शत्रु भी सहसा हानि महती उल्का मध्य यदो लोक्या चा राज्य लोको भीतिदा तो जब उल्का की महादशा आती है तो शत्रु के द्वारा अकस्मात बड़ी भारी हानि होती है और धन की भी हानि होती है तकलीफ उठानी पड़ती है राजनाथ से कोई बहुत बड़ा भय होता है तो उल्का की दशा शिवसेना की जो कुंडली में चल रही है ये अच्छी नहीं चल रही है 2016 से है और 2022 तक रहेगी लेकिन एक अभी यदि हम आपको बात बताएं, तो उल्का में भी संकटा का चरण चल रहा है जो इनको सीटें मिली है हमें लगता है शायद 125 सौ सीटें या 123 सौ सीटें कुछ इनको या 124 सौ सीटें मिली है तो जो प्रदर्शन शिवसेना को यहाँ पर करना चाहिए जीतने का उतना बहुत खास प्रदर्शन शिवसेना की कुंडली से हम जो, जो है देख सकते बता सकते हैं नहीं हो पाएगा प्रत्याशियों की कुंडली क्या कहती है ये अलग चर्चा का विषय है लेकिन जो शिवसेना को ये उठना चाहिए जो सीटें इनको कैच करनी चाहिए उतना नहीं जैसे होता नहीं कि 123 सीटें मिली है तो जो है सेंचुरी मारते हैं सौ एक सीटें वो चीजें शिवसेना यहाँ करने में नाकाम हो जाएगी तो हमारे हिसाब से जो शिवसेना को सीटें मिलेगी ये पैंसठ से लेकर के और 75 से 80 के बीच में मिलेगी प्लस माइनस आप 10 कर लीजिए गाइस में और कांग्रेस को जो सीटें मिलेंगी शिवम जी कांग्रेस को हमारे हिसाब से टू बी फ्रेंड हम आपको बोले तो 45 से 50 सीटों के 55 सीटों के मध्य कांग्रेस की सीटें आएंगी वही एनसीपी जो रहेगी एनसीपी की भी जो है 25 से 35 सीटों के बीच में आएगी अब लास्ट में चलते हैं बीजेपी की तरफ तो शिवम जी देवेन फडणवीस जी की कुंडली पर अब हम आते हैं क्योंकि बीजेपी के ये इन्हीं का चेहरा है और मुख्यमंत्री भी हैं वर्तमान में तो आखिर में इनकी कुंडली में ऐसा क्या था और किसी को देखिए उम्मीद नहीं थी कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जा सकते हैं आकस्मिक रूप से इस, इनका, नाम। आ, इनका नाम आया इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी बाईस जुलाई उन्नीस सौ सत्तर की है दिन था, बजे का इनका इनकी जो कुंडली आती है ये कर्क लग्न की कुंडली आती है और इनकी जो राशि आती है कुंभ राशि आती है पहली नजर में कोई भी इनकी लग्न कुंडली देखेगा कहेगा कि ये तो सीएम बन ही नहीं सकते है पहली नजर में कोई भी ज्योति होगा कोई भी कहेगा कि ये तो मन ही नहीं सकते हैं लग्न में मंगल नीच के हैं उसके बाद जो क्या कहते हैं इनके लग्नेश हैं चंद्रमा चंद्रमा राहु का ग्रह दोष है पीड़ित है अष्टम में चला गया दूसरा जो कर्म भाव के अधिपति है नीच के हैं शनि इनके कर्म के घर में नीच का है सारी बातें ठीक हैं बिल्कुल नहीं पकड़ में आएगा आप लोग करते रहिए लेकिन चलित कुंडली जब आप देखेंगे इनकी भावचलित जो कुंडली आती देखिए ज्योतिष एक पहलु से ज्योतिष को जज नहीं किया जा सकता है ज्योतिष में लग्न कुंडली होती है भावचलित कुंडली होती है सब डिविजनल चार्टेज होते हैं डिटेन चार्ट कर्म के लिए क्या कहता है नौमास चार्ट क्या कहता है महादशांतर दशा किसकी चल रही है योगनी दशा किसकी चल रही है में क्या पोजीशन उसकी है बहुआयामी विश्लेषण हाँ, करना है, पड़ता है अगर आपको किसी, का, हाँ, किसी का भी आपको अगर एनालिसिस करना है तो ये ज्योतिष एक बहुआयामी बहु परिपेक्ष लेके चलता है एक आंगी नहीं है कई चीजों को हमें देखना आप जितना ज्यादा इसमें रिसर्च करते जाएंगे उतना ज्यादा आपके ज्ञान के चक्षु खुलते जाएंगे तो इनकी कुंडली में मंगल नीच का शनि नीच का लेकिन चलित कुंडली में देखिए शनि यहाँ पर इनकम के घर में आ गए दूसरा नौमांश कुंडली इनकी दर्शकों जो है नौमांश कुंडली इनकी यदि देखिए तो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है इनकी और इनकी सिंह राशि बनती है और सिंह राशि में जो है देखिए यहाँ पर वृषभ लग्न में राहु अगेन उच्च के हो गए दूसरा यहाँ पर भाग्य के घर में शनि भाग्य के घर में शनि स्वग्रही हो गए तो बहुत अचानक से इनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा अचानक से ये प्रोजेक्ट किए गए और उस समय जब इनकी दशा चल रही थी शिवम जी बुद्ध की दशा चल रही थी बुद्ध में जो अंतर इनका चल रहा था अक्टूबर नवम्बर के आसपास की साइड अगर ज्योतिष में बात करें तो बुद्ध राजकुमार है और मंगल सेनापति बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोनों ने मिल के दोनों की जुगलबंदी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया हालांकि बुद्ध और मंगल में शत्रुता भी रहती है लेकिन जो है वो अपने जो है जगह अलग है यहाँ पर जो महादशाएगी वहां पर भी दिन का गोचर क्या कहेगा। तो उस समय जब ये सीएम बने थे आकस्मिक रूप से तब इनको भद्रिका में हम आपको बताए शिवम जी धानिया चल रही थी धान्या बहुत अच्छी दशा मानी जाती है और भद्रिका में धान्या आना अच्छी बात होती है और तब इनको सत्ता का सुख मिला लेकिन 2015 में जुलाई महीने के बाद से अगेन उल्का की दशा जो हमने बताई थी कि उल्का की दशा की दशा शिवसेना कुंडली में शायद हमने बताई थी कि साल की चल रही है तो उल्का की दशा इनकी स्टार्ट है 2015 से ये काटो भरा जो ताज है ना ये पहने बैठे हुए हैं हर समय देखिए इनके ऊपर कुछ ना कुछ जो है, ए, ही रहती है। हा, हा, हा, उनकी भी उल्का और इनकी कुंडली में भी उल्का दोनों उल्का मिलकर के एक दूसरे के ऊपर सवार है तो इस समय यदि हम बात करें तो उल्का में देखिए चल रहा है समय तो कष्टकारी है है लेकिन आ, ये होता नहीं कि जो है, उल्का में धान्य आ गई तो इनको राहत मिल गई में जला रहे हैं हाँ आंधियों में फिर वही चीज दोबारा आई जो 2014 में आई थी तो शिवम जी इनकी कुंडली सशक्त था फिलहाल बारह जनवरी दो तक तो इनकी जो है उनका मेधान्या रहेगी और इसी बीच इनके इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे दूसरा बीजेपी की कुंडली भी बहुत सशक्त है हमने विश्लेषण किया हमारे तो चैनल पे वो है आप, आप देख, तो सकते। के देख सकते हैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि देवेंद्र फडनवीस जी अगेन एक बार सीएम बन सकते हैं और पुनः मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे दावेदार क्या मतलब मुख्यमंत्री ये बन सकते हैं बिल्कुल ये बन सकते हैं कुछ लोगों के हमने जो है मतलब जो है कुछ लोगों ने कहा कि उल्का की दशा में जो है बहुत मुश्किल है लेकिन उल्का में जो धान्य आती है ना ये इनको के जाएगी। मतलब, मतलब यदि हम, हम कहें तो 70 हमारी तरफ से है है है कि देवेन जी, जी जो है पुना के जो मुख्यमंत्री पद सुशोभित होंगे और 30 परसेंट का हमको लगता है बाकी सत्ता की यदि बात बताएं तो बीजेपी पुनः इस बार महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी और जो सीटों की बात है शिवम जी तो लगभग अभी हम कहेंगे तो आप हंसेंगे नहीं नहीं। लगभग पांच से 115 सीटों के मध्य भाजपा हाँ। अकेले। अकेले। मतलब भाजपा गड़ की बात नहीं गठबंधन की बात करें तो ये एक सौ पचासी नब्बे तक आराम से जा सकते शिवम जी हमें जो लगता है 180 से लेकर के 200 सीटों के मध्य जी ये गठबंधन की सीटें आएगी दो सौ क्रास भी कर सकती है लेकिन अब चूंकि हमने जो निकाला है अपनी कैलकुलेशन तो वो हमने आपको बता दिया तो ये चीजें तो थ्री दर्शकों देखिए जो है विश्लेषण हमारा तमाम मनीषी लोग हैं हमने पहले ही कहा कि कुछ लोगों का जन्म भी परेशान करने <laughs> के लिए होता है तो आप लोग कमेंट्स वगैरह जो चाहे कहे हमने तमाम कमेंट्स पढ़ाए कि ईवीएम तो ये चीज बताइए कि अब तो हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं ना सिर्फ अगर, तो अगर आपको जो है वाकई में पूरा पाषाण काल में जाना है तो आप वाहनों का प्रयोग बंद कर ना सिर्फ भारत भारत आप की बियॉन्ड भी कई जगह होती है बिल्कुल मत देखिए आप हर चीज से पूरा पाषाण काल से आप आइए ना आपको वाहनों पर मत सवार हुई आप पैदल चलिए ये तो एक आ, है व्यू लोगों का अपनी शंकाएं अपने, शंकाए, अपने अभिव्यक्ति ठीक है, है लेकिन अगर अच्छी सगैधानिक मतलब नहीं, नहीं कर सकते मतलब कुंडली में राजयोग चल रहा है तो इसमें हम क्या करें विश्लेषण सत्तर साल कांग्रेस की भी पार्टी में राजयोग था तब दो लोगों ने शासन उन्होंने शासन किया लेकिन अब जब इस पार्टी का भी जो है राजयोग आया हर एक कुंडली में राजयोग आता है पक्का नहीं। है आता हो, राजयोग जाता। ऐसा नहीं बीजेपी है राज करेगी नहीं है पूरे अगर हम चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो मानसून जम्मू और कश्मीर में पैदा किया मतलब है उसकी बरसात कसके महाराष्ट्र में होने वाली है और बीजेपी जम के 24 अक्टूबर को उसकी फसल काटेगी सत्ता के रूप में तो महाराश्ट, है महाराष्ट्र में भी उसकी फसल काटेगी हरियाणा में भी काटेगी काटे और अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी हालांकि वो घोषणाओं पे घोषणाएं भोश्राओ किए जा रहे हैं लेकिन जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है वो भारत में इस वक्त गरम है और बीजेपी ने दोनों हाथ से राष्ट्रवाद का झंडा पकड़ के देना सब ठीक है लेकिन जो बीजेपी के सितारे है नो डाउट वो उसके लिए है और जो विपक्ष के सितारे हालांकि विपक्ष तो कई जगह दिखाई ही नहीं देता है की किस रूप में मौजूद है खैर ये तो एक राजनीतिक विमर्श हमारा जो जो इस वीडियो का अपने राशिफल में में भी ये बताया था कि जो है राजस्थान कांग्रेस आएगी तब तो किसी ने नहीं उंगली उठाई थी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी राशिफल याद करिएगा तब तो ये सब चीजें देखिए खैर इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष दोस्तों भाइयों दर्शकों जो कहिए यह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में आने वाली है और बड़े मार्जिन से आएगी बीजेपी और आएगी उसे उसे आएगी। हाँ ये हमारे वीडियो का निष्कर्ष है हमारे विश्लेषण का निष्कर्ष है तो आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं घंटी भी दबाइएगा और अपने ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर भी करिए मुंबईलॉजिकल ओपिनियन पोल उसके बाद तो आगे जनता जनार्दन है वो कहा बटन दबा शिवाजी की धरती तक जो है पहुंचना चाहिए तो हमें दीजिए इजाजत मिलते हैं फिर एक नए राज्य के साथ एक नए चुनाव के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए स्वागत बहुत बहुत नमस्कार राम राम नमस्कार राम राम दर्शकों